भाई को छोड़ना है इसका बड़ा बड़ा आज तू बच गया क्योंकि मेरी इबादत का वक्त हो गया है लेकिन तकदीर बार बार तेरा साथ नहीं देगी